अगर आप प्लेन के विंडो सीट पर बैठे हो और तभी वह विंडो टूट जाए तो उस हालत में क्या हो सकता है घबराए मत बताते हैं बताते हैं देखो जितना ही ऊंचाई लेती है उतना ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और इसीलिए जब हम आसमान में प्लेन के अंदर होते हैं तो प्लेन के अंदर बाहर के मुकाबले हवा का प्रेस दो ऐसी तीन गुना ज्यादा होता है और तभी ही प्लेन की विंडो टूट जाए तो अंदर की हवा बहुत तेजी ऐसी प्लेन के बाहर निकल जाएगा हवा की स्पीड इतना ज्यादा होगा कि यह आपको भी उड़ा ले जा सकता है और साथ ही प्लेन को भी क्रश कर सकता है